अभी मारूंगा अभी मारूंगा तो अगर अभी तो नहीं मारा ना अगर अगर ऐसा कैंपर लोग नहीं मारे ना मेरे बहुत मार दूंगा किल तो इजी भाई, भाई तो अभी मार तो अभी मार दे दे दे दे दे दे तो गए, दे देते अरे सब के चो, चोरी कर पीछे था टेंपर। तो था। अपने। कुछ मार दिया तो हाँ। क्या बात कर रहे, रहे बोल हाँ और मैं मुझे पकड़ लेना रंग लगा रहा हूं मेरे ऊपर मेरा सपना है ये नहीं छोड़ सकता रिपोर्ट कर दूंगा गुनाह कर रहा है रे क्या ये धोई थे कमान 180 लगता है मैं लग तो आगे जाता हूं देखो जल्दी देखते हैं ये निकल आ रहे हैं इधर लगता सही रहे करना वारता अभी 3 ट्रेड 3 कोड लगा रहे हो 3 ट्रेड है 3 ट्रेड लेट्स गो लेट्स गो अरे बेबी गर्ल मैं गाड़ी लेके आता हूं ना फ्यूल भी कम कम है है यार बहुत है। से गाड़ी की हेल्थ तो भाई क्या ही आई एन आईएनडी पोचिंग की भाई ये देखो ये देखा, ये बग्गी देख चलो ऊपर डाल देते भाई भाई भाई एकदम भाई सुन लेट्स गो बेबी गर्ल अरे आप आप गाड़ी चलाओ ठीक है कौन है इसका नाम ओवरऑल पांच प्लेयर है इधर लगेगी इधर हिट लेफ्ट राइट लेफ्ट में है अरे अंदर बाहर प्लेयर अंदर आ रहा है किधर इल्ले मुकन डड़ियाता है कि मैं आदमी बैठ जाता है जल्दी भाई जानी भाई भाई भाई किस को, किस को भाई शॉट शॉट तो दे दे दो दो किसको आजा किधर है बंदे भाई भाई है अरे मैंने नेक्स्ट बाकी नीचे ही बंदे ठीक है इधर साइड मैं गाड़ी घुमाता एक बार हैकर बोलदे हैकर बोलदे जॉनी हैकर बोलदे नॉट योर बॉट हैकर बोलते भाई ओपी और वाट अरे हैकर भाई हैकर सेम मत मत ओपी भाई कहां पे बंदे इधर का इधर ही तो थे मैं पता नहीं किधर है वही दोस्त है ताना नहीं। नहीं नहीं। लोग पैन पैन पैन पैन पैन ये ये जम कर कर ये कर कर रहा रहा है है है ओ भाई भाई साहब यार मम्मी मम्मी सूट सूट में नहीं वाला क्या <laughs> में हो, जोन। अरे भाई, आप भाई को को जोन आप तो जोन लो। ये जोनी माइक निकोल हेलो भाई हेलो तो हाँ हाँ हा। भाई हेलो मतलब मर मार मेरे को। अरे भाई भाई आप छुप गए थे क्या किधर? नहीं तो वहा तो तो हाँ। निकल् दो बंदा मर चुका था वहाँ से वहाँ से घूम के इधर ही आओगे अभी आ, आपने कितने मारे आप तो प्रो, प्रो प्लेयर हो रहे साथ, साथ, साथ, अरे और तो ब्रो भाई सुनो सुनो आप रैंकुश कर रहे हो क्या आप आप रैंकुश कर रहे हो क्या नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सुनो अगर आपको चिकन चाहिए तो मैं मर जाऊसा कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी क्लासिक है कोई दिक्कत नहीं है मार दो जॉनी जॉनी से पेन फाइट फाइट कर कर लो ये लो पैंट पैंट पैंट पैंट कर लो ये बहुत ज़्यादा है अरे <laughs> अरे <laughs> अरे रुको अरे रुको तो जरा तो हेल्थ बढ़ाने दो रे भाई भाई बोलने के पहले ही भर रहे रुको रुको माइक ऑफ करने दो ना भाई तो नॉट नोट करो पेन से भाई तो कुछ करो ना बूस्ट बूस्ट करके रखो फुल बूस्ट करो बूस्टर ही लिए अरे ये तो शक था इनकी मार डाला बे लगा मेरे को डैमेज है ना पूरा ओ गया बाय बाय बाय बाय नहीं नहीं भागने का नहीं भाई भागने का नहीं भाई प्यार भाई। प्यार आओ भैया अब खेल आ, अरे लव्यू भाई थैंक यू सो मच भाई, भाई। खेलने के लिए साथ में लवी भाई भाई मजा है भाई, ऐसे लोग आते क्या मजा आता है ना कैसे खेलने जो लोग भी नए चैनल पे, लाइक वाला बटन और सब्सक्राइब वाला बटन स्पैम